वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता शिवशंकर पटेलिया ने देर रात मंडी बामोरा में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की इससे पूर्व उन्होंने अपने परिजनों को मैसेज किया इस पर परिजन तुरंत ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे और बेसुध हालत में इलाज के लिए बीना लेकर आए जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सागर रेफर कर दिया गया फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है शिवशंकर पटेरिया भाजपा नेता उमा भारती के करीबी रहे भाजपा नेता शिवशंकर परटेरिया ने रात 2 बजे के आसपास मंडी बामोरा में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की इसके पहले उन्होंने अपने परिजनों को मैसेज किया जिसके बाद उनका बेटा सौरभ अपने छोटे भाई के साथ उन्हें तलाशने निकल पड़ा वो बिहारी मंदिर के पीछे बगीचे में बेहोशी की हालत में मिले तत्काल उन्हें रिफाइनरी अस्पताल लाया गया जहाँ उपचार नहीं मिलने पर सागर रेफर कर दिया गया उनका उपचार एक निजी अस्पताल में जारी है मंडी बमोरा चौकी प्रभारी राम अवतार ठाकर ने बताया कि परिजनों से बात हो गई है उनकी हालत स्थिर है शिवशंकर पटेलिया पूर्व वित्त मंत्री राघव जी सी कांड से चर्चा में आए थे शिवशंकर पटेलिया के छोटे भाई कृष्णा पटेलिया ने बताया कि वो लंबे समय से तनाव में है शिवशंकर पटेरिया पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बेहद नजदीकी माने जाते हैं उमा के मुख्यमंत्री काल में वो वन विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे पूर्व वित्त मंत्री राघव जी सी डी कांड ऐसी वो चर्चा में आए और वो बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध चुनाव भी लड़ चुके हैं संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी ऐसी महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक पगडंडियों ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक